में तो गाइज काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि काउंसलिंग इतनी लेट क्यों हो रही है क्या रीज़न है या कुछ भी है तो मैं गाइज आपको बताना चाहता हूं कि बीएमएस की काउंसलिंग इतनी लेट क्यों होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीज़न जो होता है नीट में जो रैंकिंग के थ्रू माना जाता है वो पहले एम फिर बी फिर BMS, एम एस बाकी के आयुष कोर्सेज़ को इसीलिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो होती है एम को फिर BDS की काउंसलिंग होती है और उसके बाद ही BMS की काउंसलिंग आती है और तो गाइस दूसरा जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से BMS की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हो रही वो ये है कि BMS की जो जो सेशन है वो काफ़ी हर साल से लेट चलता है यानी आप मान के चलिए आपका जो सेशन है अक्टूबर नवम्बर से हर साल यानि पिछले साल भी अक्टूबर या किस कुछ स्टेट में नवम्बर भी हो गया था तो ऐसे इतना लेट हो जाता है जिसके कारण बी की काउंसलिंग हर साल से लेट होती है क्योंकि जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट हो रहे होते हैं और उनका भी जो फॉर्मेलिटीज़ वग़ैरह एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो सब चलती हैं इसीलिए जो सेशन है वो काफ़ी लेट कर दिया जाता है ताकि जो सेशन हो वो स्टार्ट सेप्टेम्बर ओ सॉरी अक्टूबर और नवम्बर से हो इसलिए दोस्तों बिल्कुल फिकर करने की जरूरत नहीं है और अगर आप ये सोचे कि अब इस साल होगी या नहीं होगी तो जरूर होगी अब जो है डेट काफ़ी जल्दी हर स्टेट में रिलीज हो जाएगी तो बेफिक्र रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको हर अपडेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहूं तो चलिए दोस्तों एंड करता हूं इस वीडियो को बने रहिए मेरे साथ तो मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक यू